सत्संग की याद घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन जूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं हैंत्मा परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर ना हीरे संतो ये सौदा फिर नहीं यो सौदा फिर नहीं रे संतो यो सौदा फिर नहीं सौदा बिजनेस व्यापार हम जैसे दो व्यक्ति दो चार लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे स्टेट दूसरे शहर में बिजनेस सौदा करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया एक तो उस चार पाँच लाख रुपए का सौदा खरीद रहा है बेच रहा है खरीद रहा है बेच रहा है और उसने उससे दुगने, तिगने चौगने बना लिए दाम इकट्ठे कर लिए यानी सौदा जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूंजी लेकर उसकी कई गुना बढ़ा ली और दूसरा शराब पीता है सिनेमा देखता है सैर सपट्टे करता है यानी जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था उसी को खर्च रहा है खा रहा है अंत में वो पूंजी रहित हो जाता है उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचते हैं तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फेंक देता है इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आप यहां आए हो इस मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी का आपने लाभ उठाना था भक्ति करनी थी मंत्र का जाप करना था और जो ये नहीं करते वो उस लुटे पिटे व्यापारी की तरह अंत में अपना सर्वनाश सर्व कुछ गवाकर और वापस आते हैं कहाँ पर अपने मूल स्थान पर अपने घर पर वहां वो निर्धन हो जाता है फिर मजदूरी करता है उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं और जो इसका ठीक से लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो वो उस हारे हुए व्यापारी की तरह अपना जीवन नाश करके जाएंगे परमात्मा कहते हैं श्वास उ नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो न जाने इस श्वास को आवण होक ना वो कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होय अब यहां परमात्मा कहते हैं सौदा आपने करना था और कैसे करना था यह मनुष्य जीवन की प्राप्ति ये बार बार दाव नहीं लगता मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सतगुरु संत का मिलना यह बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है आप जी को अब दोनों दाव लगे हैं मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और आपको सतगुरु भी प्राप्त है अब इसका आप जी को लाभ उठाना होगा यहां से पीछा छुटवाना होगा असंग जन्म का रोग जन्म मर का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा थोड़ी सी सावधानी बरतना यो सौदा फिर न ही रे संतो यो सौदा फिर नौदा फिर ना ही रे संतो यो सौदा फिर नही लोहे जैसा ताव जात है लोहे जैसा ताव जात है काया देसरा ही रे संतो यो सौदा फिरनाही यो सौदा फिरना ही रे संतो यो सौदा फिरनाही अब जैसे लोहार कारीगर होता है वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करके उस गर्म गर्म लोहे पर तुरंत चोट लगा देता है तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंत बन जाता है और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है उसके ऊपर चाहे फिर सारे गन को कूटले गन से वो कुछ नहीं कर पाता वो लोहा टस से मस नहीं होता टेढ़ा मेढा हो जाता है इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है ये आपका लोहा गर्म है इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर से लोहा गर्म किया गया था अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा फिर ये टेढ़ा मेढा मुंह लगेगा कुत्ते गदे सुअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाओगेगा ये किसी डूम के गीत नहीं है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है जो तो दास ढंडोरा पीट रहे आपके लिए तो, तो क्या बताते हैं यो सौदा फिर रे संतो ये सौदा फिर नही ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाहीं लोहे कैसा ताव जात है लोहे जैसा ताव जात है काया दे सरा संतो यो सौदा फिर नही यो दम टूट पिंडा फूट यो दम टूट पिंडा फूट हो लेखा दरगाह माहिर संतो यो सौदा फिर नही भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आहिरे संतो यो सौदा फिरनाही यो सौदा फिरनाही संतो यो सौदा फिरना दुगने तेग्ने किए चौगने दुगने तिग्ने किए चोगने किन्हों मूल गवाई संतो यो सौदा ही, यो सौदा ही रे संतो यो सौदा फिरना उस दरगाह में मार पड़ेगी उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जंपकड़ेंगे बाही रे संतो यो सौदा ही। यो सौदा फिर ही रिसन तो यो सौदा फिरना वह दिन की मोह डरनी लगे लग वह दिन की मोह डरनी लग लज्जा रकनाही रिसन तो यो सौदा फिरना यो सौदा फिर नाहीं रिसन तो यो सौदा फिरना नर नारायण देह पाय कर नारायण देह पायक तुम फेर चुरासी जाहिरे संतो यो सौदा फिर नही जा सतगुरु की मैं बलिहारी जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नही यो सौदा फिर नहीं रे संतो यो सौदा फिर नहीं कुल परिवार तेरा सकल कबीला कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा फिर नहीं यो सौदा फिर नहीं रे सुनतो यो सौदा फिर नही बांध पिंजरी आग धर लिया बांध पिंजरी आग धर लिया फिर उमरगट को ले जातो यो फिर नहीं यो सौद फिरना संतो सौदिरना अग्नि लगा दिया जद लम्बा अग्नि लगा दिया जद लम्बा फूक दिया उस ठाही रिसन तो यो सौदा फिरनाही यो सौदा फिरनाही रिसन तो यो सौदा फिरना पुराण उठा फिर पंडित आए पुराण उठा फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पड़ा रे संतो यो सौदा फिर नहीं यो सौदा फिर नहीं फिरना संतो यो सौदा नहीं नर्सेती तू पशुवा की जय नरसती तू पशुवा की जय गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे छप्पन भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चरने जाई संतो यो सौदा फिर नही यो सौदा फिर नही रिशन तो यो सौदा फिरनाही प्रेत सला पै जाए बेरा जो प्रेत सला पै जाए बेराजो फिर पितरों पिंड भरा रि संतो यो सौदा फिरनाही यो सौदा फिरनाहीं रि संतो बहुर शराध खान को आए बहुर शराध खान को आए काग कागबहे कलिमाहीं रिसंतो यो सौदा फिरनाही यो सौदा फिरनाही रिसंतो यो सौदा फिरनाही और जय सतगुरु की संगत करते जय सतगुरु की संगत करते यो सकल कर्म कट जाई रि संतो यो सौदा फिर नही यो सौदा फिर नाहीं रि संतो यो सौदा फिर नही अमरपुरी पर आसन होते अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाहीं रि संतो यो सौदा फिर नही यो सौदा फिरना रि सनो यो सौदा फिरना सुरत नरत मन पवन पियाना सुरत नरत मन पवन पियाना शबद शब्द समा रि सनो यो सौदा फिरना यो सौदा फिरनाहीं रि सतो ये सौदा फिरना गरीब दास गलतान महल में गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई रिशंतो यो सौदा फिर नाहीं यो सौदा फिर नाहीं रे सनतो यो सौदा फिर नाहीं अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाहीं संतो यो सौदा फिर नाही ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सोदय आही और दुगने तिगने किए चौगने मूल ग आप वो पुण्यात्मा है आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का स्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं या जो भक्ति करते ही नहीं हैं या जो शास्त्र विधिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं वो भोली श्रद्धालु भी वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं देखो पुणात्माओं दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने और ये दास भी आपकी तरह अटकी हुई आत्मा था परमात्मा की चागनी थी जैसे भी परपरागत साधनाएं थीं वो सारी किया करते थे अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो तब तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विधि जाकर मनमाना आचरण था तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है किसी के पास अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं एक तो केवल कहना होता है कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से पुस्तकों से उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये है कहते हैं और आप ये कर रहे हो आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन्होंने कौन सी साधना की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी आदरणीय मुरुकदास साहिब जी आदरणीय दादू साहेब जी आदरणीय नानक साहेब जी आदरणीय ग्रीपदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले आदनीय घीसा दास साहेब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत यूपी वाले इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होंगे लेकिन आदनीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्ष दायक आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org